कि जो तो क्लास हुई थी क्या पढ़ाया था कल ने पता नहीं कहीं बीच में छोड़ के चला गया था ऐसा कुछ था ग्रुप तो वगैरह मैसेज पास कर लो फटाफट पड़ इसको देखना होगा से जुड़ जा दो तो लोग देख रहे हैं अभी अब सब में ऐसी अलग-अलग पीछे बैठी है वो गई उसके बाद जब मैं क्या मैं वही था तब भी गई थी बताओ क्या लिखवाया था कल परपर्ट टेस्ट हो गया क्या क्या लिखा था उसमें एस एस एफबी कंप्लीट हो गया था पीएटी कंप्लीट हो गया था और उसमें मिसिंग है ना एम आई मिसिंग भी हो गया था वो पहला वाला वो भी सब एनएम एनएम है क्या नहीं उसमें भी मिसिंग भी तो था तो जो मिसिंग पीस वाला है उसी का कॉपी हो जाएगा ठीक है देखो के के है, है है है का जो आपने बनाया था उसमें सॉरी नहीं, नहीं मिला KBDT नहीं है। आ, KB... हाँ ये है। है की? ये तो ना? हाँ। वही है, क्या है इसके बारे में बताएंगे और पहले इसका फुल फॉर्म लिखो इस दी दी अब इसके बारे में लिखिए। इस परीक्षण का निर्माण आप लोग इसमें नोट कर लीजिए एजुकेशन की लाइव क्लास में सभी का स्वागत है और सभी लोग जुड़ जाइए जो लोग ऑनलाइन क्लास है थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाला है। हम लोग कल की क्लास के बाद आज इसमें लिखने के लिए क्या लिखना है को नाम है लिखिए इस परीक्षण का निर्माण को के द्वारा उन्नीस सौ तेईस में किया गया था तो ये ठीक है थोड़ा बहुत तो ने ने तो भी था लोगों कई बार हो जाता है तो ना पूरी परफेक्ट हो जाए तो सब ऑनलाइन घर से ही ना पढ़ लें आप लोग को भी शकल दिखा देता एक बार फोन क्या कर रहा सही है ना किने सु कितने बच्चे हमारे पास एक दो तीन तीन छः यानी कि लड़कों की संख्या गायब है लड़के सब अभी गए हुए हैं कांवड़ यात्रा में इसलिए नहीं आए सही है ना सावन का महीना चल रहा है सब बोले नाथ पसंद कर रहे हैं बोले आंद सो जाएं शायद एग्जाम अच्छे से पास हो जाएंगे ना स्टॉप हो गया चलना आगे क्या कह रही हो? ये सर आप जो चेंज हो रहा है हाँ आए नहीं सर। तो आए नहीं थे नए सर तो अभी तो पहली बार तो पढ़ाए हो तो नए सर नहीं हुए <laughs> इस साल में वो नए इस सत्र में जुलाई के बाद तो पहली बार आए ना खास लेने वो और नए फीचर्स के साथ बढ़िया है हो गई, कर लिए ना, नए टीचर बताओ आप टीचर टीचर पसंद नहीं इसका मतलब, नए बुला लेंगे अभी एक तो आ जाएंगे किस क्लास ले लेंगे पता लग जाएगा मैम आप काफी लोग हैं, एक तो एक टीचर ये है कैसे ट्राई करना गुना है 10 क्या 3 4 तुम्हारे कंप्यूटर में चल रहा है वहां चाहिए होगा बस सफर कौन है कोई नहीं एक ही कॉपीया वाले तो चलिए बातें बहुत हो गई एक अलर्ट मैसेज डाल देना ग्रुप में अपने एक भैया क्लास शुरू हो भैया आज जिसको भी आए आप ना कुछ डाल दे कुछ बोल दे यहां पे एक बार 25 लाइन वो भी कह रहा हूं ये मैसेज को ग्रुप में शेयर कर दो हो गई है जिसको कथा सुननी हो वो आ जाए तो है, नहीं है। तो से कथा ही लिखेंगे यहाँ है तो तुम तो मान लो लाइव कथा सुनेंगे समझेंगे भी घर पे तो कथा ही जैसे हो जाएगी ना तब वहां पर बच्चे छोड़ गए सृष्टि क्यों नहीं लाए सो रही थी रोते हुए तो नहीं आई डीटी के बारे में इसका आपने फुल फॉर्म लिख लिया जो बोर्ड लिखा होगा। अब आगे लिखिए इस परीक्षण का निर्माण हो गया को के द्वारा 1923 तो में किया गया था ठीक है इसके अंतर्गत लकड़ी लकड़ी के एक एक बर्ग। लकड़ी के एक-एक एक-एक आप लोग लाइक क्लास से जुड़ जाएंगे आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम चौथा लेक्चर यूनिट फोर का चौथा लेक्चर है ना कम्प्लीट नहीं हो पा रहा तो इसलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए राधे राधे प्रभा तो आज आने वाली थी ना शायद पापा कल फोन आया था, था। प्रभा हेमू को भी बोल दो जुड़ जाए आप लोग एक दूसरे फोन करके बोलो लाइव कहा से जुड़ जाए ठीक है उसम आइए अभी प्रभा कहना प्रभा का फोन आया पापा का क्या लिखा आप लोगों ने इसके अंतर्गत लकड़ी के एक एक पूरी बात लकड़ी के एक एक समझ रही हो एक इंच का मतलब क्या है 1 इंच एरिया मान लो सपोज कर ये 1 इंच हो गया ये ठीक है अगर तेरी ते ते लंबाई चौड़ाई सारी एरिया नहीं होगी तो क्या करोगे तो 1 वर्ग इंच का मतलब हुआ हर साइड से 1 तो ऐसे ऐसे करेंगे 1 ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं समझ रहे हो ना अगर 1 की पर कह देंगे तो क्या होगा समझ गए कि नहीं हां हां हाँ। यानी एक एक वर्ग इंच के बर्ग होते हैं, ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन आता है टी जो टेस्ट है इसमें क्या होता है तो आप एक बार में बता सकते हो कि एक एक वर्ग इंच के लकड़ी के बोर्ड कार्डबोर्ड जैसे कुछ भी कह सकते हो होते हैं ठीक है आगे विद्यार्थी को एक एक करके सभी डिजाइनों को बनाना होता है विद्यार्थी को एक एक करके सभी डिजाइनों को बनाना होता है आगे लिखिए डिजाइन बनाने में लगे समय तथा के आधार पर मापन किया जाता है अब हमारे दुनिया किया है।, है? है? आगे लिखा डिजाइन बनने में लगे समय तथा ट्रूटी के आधार पर मापन किया जाता है अब हम इसके बारे में समझा देते हैं देखा आप लोगों ने जानते हैं हैं कैसा होता है होती है है तो आ, होती है सामने सामने सामने क्या मतलब एक ही ऐसा बताइए ताकि एक ना नफर हो तो इनका ये तो कहना है की जब हम इस वाले से बच्चों का करते हैं तो, एक एक तो कोई भी जैसे हमने पर जो टाइम लगता है कि हम में तो, तो उसमें जो समय लगा ना सारी कैलकुलेट करके हम उसकी जो रिजल्ट आएगा उसको ये डिक्लेयर करेंगे कि इस बच्चे को इस काम के लिए इतना परफेक्ट है ठीक है ना समझ गए कि नहीं अब आगे लिखिए वर्बल टेस्ट इसको अरेस्ट करें कई सारे प्लान बना करके बच्चों पर काम कराते हैं तो वो हमारा रिटर्न में हो जाता है लेकिन अगर हमें पूरल कराना होता है तो कुछ भी वो एग्ज़ामर कुछ भी बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं सपोज करो कि आप लोगों का वाइफा हो रहा हो तो वाइफा के समय जो शिक्षक होगा यानी कि आपका एग्जामनर होगा वो तो आपसे सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है आप एक बात बताइए कि इंटरव्यू में और इंटरव्यू क्या होती है आपको पता है नहीं पता है एक शब्द में आप ये पूछ सकते हैं की जो इंटरव्यू होता है उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है वो फ्री होता है किसी भी एरिया से आपसे को लेकिन जो वाइफा होती है वो हमारे तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है उसी से ही क्वेश्चन कर सकता है ना तो तो तो दोनों में में में क्लियर हो गया तो कोई है तो आपको क्या करना तो कुछ है आप चाहोगे तो बता सकते हैं नहीं चलो किसी और किसी अगर किसी अगर किया तो आगे दो नंबर लिखिए ठीक है ना जितने भी पढ़ाया हमने वो आपकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया ताकि आपको इतना लगे बहुत सारा पढ़ है क्या क्या याद करें ठीक है इसमें से जरूरी सारे क्वेश्चन आए और तो क्या है कि नॉलेज के लिए आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए अब सेकेंड ऑप्शन था सर फास्ट सेकेंड और थर्ड में आ जाइए होगा ए बी ए है ना हाँ। और उसमें क्या और देखो होती है कि हम किसी टॉपिक पे पढ़ाने से पहले जो भी कार्य करते हैं या उसके बारे में जाने कोशिश करते हैं उसके लिए हम असिसमेंट करते हैं और एना, एनालिसिस भी होगा तो उसमें बता दें अभी आपको मिले एनालिसिस में क्या ऑप्शन करके, नहीं चार्ट, चार्ट पूरा बनाइए। अच्छा मैं इसी को निकाल लेता पीछे तो। तो लिखा है, आप लोगों तो ने लिखा। एनालिसिस दिखवाया था? मिस्टेक वाइज लिख दिया मैंने जरूरी नहीं है कि मैं भी पूरे 100% हंड्रेड परसेंट कर सकता लिखने में जब लिख दिया था वो पता नहीं उसमें क्लियर रहा होगा बिहेवियर सॉरी एडोल्टी बिहेवियर एसिसमेंट के लिए जल लेने यही ना देखिए सामान्यतः बताया ना हमने क्या बताया था अभी कुछ बताया था एडोप्टेशन का मतलब अनुकूलन व्यवहार का आकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे ठीक है ना देखिए सामान्यतः अनुकूल व्यवहार से ताँ पर कहाँ से है सामान्यतः आवहार से है? है? तो तात्पर्य व्यवहार से है जो एक व्यक्ति अपने समाज में रहकर कर सकता है सॉरी करता है कर सकता है नहीं? करता ही ना, अपने समाज में रहकर करता है तथा सीखता है आप लोगों लोग यूनिफॉर्म का है यूनिफॉर्म कब बनेगा सब चलिए तो आगे मानसिक मंदिर बच्चों मानसिक मंदिर बच्चों या व्यक्ति कौशल मानसिक मंदिर बच्चों या व्यक्तियों कौशल की कमी तथा समस्याजनक व्यवहार के कारण फल की कमी तथा समस्या जनक व्यवहार के कारण व्यवहार के कारण। अनुचिक, अनुचिक, ब्योहार, ब्योहार, यह व्यक्त करता है कि जिन क्षेत्रों को क्या लिखा क्षेत्रों को विशिष्ट आवश्यकताओं में विशिष्ट आवश्यकताओं में विशेष सहायता अथवा आवश्यकताओं में विशेष सहायता तथा निम्न जरूरत पड़ती है हैं नंबर एक हो गया नंबर एक लिए ए, ए, बी एस लिखा था ना ए बी एस ए बी एस नाम इसका कोई फॉर्म लिखना है क्या होता है ए बी एस का कोई फॉर्म एडॉप्टिव बिहेवियर इस पेरे। पेरे। अब इसके बारे में लिख लिया अभी लिखना नहीं अभी मैं लिखवा दिया आगे लिखना क्या? बाल अवस्था तथा वयस्क अवस्था के सभी आयु वाले अवस्था तथा वयस्क अवस्था के सभी आयु वाले मानसिकमंद व्यक्तियों सभी आयु वाले मानसिक मंद व्यक्तियों जो संवेगात्मक आयु वाले मानसिक मंद व्यक्तियों जो संवेगात्मक तथा विकासात्मक तथा विकासात्मक अक्षम अक्षम होते हैं नहीं समझ आया? जो की जो कार्य करने से डेवलपमेंटल और इमोशनल आपने वाले बच्चे हैं उनको इमोशनल से कोई फर्क पड़ता है कोई दोस्ता दोस्ता। लोग आए तो मैं बता दीजिए होता है और कोई लड़ाई का तो किया करते हैं और सब ठीक है क्यों क्योंकि उनके अंदर ये मोशन की चालू है अगर उसको कोई ध्यान से सारा संहार है तो पूछ रहे हैं हां इन्होंने मेरे को मारा छोटी सो रहे हैं एक बच्चा देखा आप लोगों ने सो रहे देखा है तो एक बात तो दो ने किस तरफा कर दो पर करती है। दो है दो अभी आते हैं है खत्म करे की बच्चा खड़ा कहा गया है कि उनके लिए जाती है ऐसे जो मेंटल मेंटल डेवलप इंटेलैक्चुअल डेवलपमेंटल होता है तो के लिए टूल्स ईयर जिसको यूज़ किया जाता है इसके दो पार्ट हैं जिसको हम आगे बताते हैं अभी नहीं अभी नहीं क्या लिखा आप लोगों ने इनके लिए प्रयुक्त की जाती है हाँ आगे लिखिए यह दो भागों में बांटी गई है यह दो भागों में बांटी गई है अब वो तो दो भाग कौन कौन से हैं उसके नाम लिखना है तो ठीक है जी अब उसमें लिखना है तो लगे लिखना क्या है दो तो तो तो तो पार्ट है दो भागों भागवत बोला था और दूसरा है में पार्टी गई है पहला पार्टी और पार्टी दोनों हो गया अब पार्टी में देखिए पार्टी के सामने समस्या कौशल व्यवहार के लिए उसी में तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि पार्टी क्या चीज की होता है और पार्टी में क्या होता है कौशल के लिए है और दूसरा है समस्या व्यवहार के लिए यानी कि एक प्रॉब्लम बिहेवियर है एक स्किल बिहेवियर स्किल बिहेवियर का मतलब कि जो कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो आप क्या करते हो में या नॉन वर्बल नॉन वर्बल में तो पे आप रिवार्ड वगैरह देते रहते हो ठीक है ना इसमें दो तो तरह से बच्चों का एसेसमेंट किया जाता है तो पार्ट डे में कुल मिला करके एक एरिया में कितनी स्किल है याद नहीं पता कितने कौशल में वा रहे हैं पढ़ा चटलीस्ट भूल गए चालीस चालीस है कि नहीं है पढ़ा उठा करके कितने रुपए का दिया था? एक सौ साठ देखो एक पार्ट में करीब इतना बात नहीं चलिए की चालीस स्किल होती है कुल मिला सात है तो सात सौ अट्ठाईस रुपए में कितने एक्टिविटी है दो यानी कि बोलो इनको पता होगा ना इनको लिखे हो क्या सात है आठ है नौ है कितने हैं सात नहीं बार निकाल करते लिखा होगा तो था मैंने तो तो आपसे कंफर्म करना चाहते आप उसे में है नहीं पढ़ा चुका है। और दूसरे में आता है पार्ट बी में इस मापदंड में मानसिकमंद बच्चों के समस्या व्यवहार तथा असामाजिक व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है इसमें कुछ कितने दस पार्ट बी में कुल दस क्षेत्रों नहीं लिखवाया ठीक हाँ। है, है।, है ना उसमें हमने बताया है कि कौशल व्यवहार क्या होती है समस्या व्यवहार क्या होती है ये दोनों पच, दोनों स्टूडेंटों के लिए कॉमन है चाहे वो आई डी से हो या एच आई स्टूडेंट एच आई वाले स्टूडेंट दूसरा एक आवश्यक सूचना आवश्यक सूचना ये है कि कल डिप्लोमा में प्रवेश के लिए तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है कल तो आपके जानने में या जो इस लाइव वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि फॉर्म अप्लाई का कल लास्ट डेट है तो कोशिश करिए आज ही सभी का जिसका पेमेंट नहीं हुआ वो पेमेंट भी कर लें और से टूटी होती है तो उसके लिए हमसे संपर्क करें मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या कोई सारी समस्याएं हुई है उसके लिए भी हम उसके लिए शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग के लिए जानने में है उनको बोलिए फॉर्म भरें एग्जाम दें एग्जाम देने के बाद अगर पास होते हैं तो यहाँ प्रवेश हो जाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा ठीक है ना अंक बोतल तो पानी पिला देंगे तो लेके मतलब तो क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या और दूसरा ये है कि हम लोग जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत -बड़ जानकारी से प्राप्त कर लें कि अगर वो लोग थोड़ा सा ही नहीं पढ़ाई करेंगे तो ये गूगल पे भी नहीं मिलने वाले हैं ऐसा चीज़ें गूगल पे नहीं मिलेगी नहीं, नहीं मिलता है बहुत मुश्किल है थोड़ा बहुत चीज़ मिल जाती है तो फोन करें तो गूगल करते रहो मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोगों की लाइब्रेरी है लाइब्रेरी कुछ आती केवल दिल्ली में ही मिलता है और कहीं मिलता नहीं है और एक ही बुक आपको उठा करके देखो ये नहीं दस बीस पचास सौ दो ये कोई भी बुक पाँच सौ छः सौ आठ सौ दो हज़ार रुपये की एक ही बुक है ठीक है तो, तो आप उस करिए लाइब्रेरी खाली टाइम को तो आपस में बातें ना मिला करके लाइब्रेरी लेते निकाली और कुछ पढ़ लीजिए ठीक थी। है ना? आगे निकली हो गया समस्या व्यवहार और उसके बिहेवियर कम्प्लीट हो गया क्योंकि आप लोग तो करते भी ठीक है है है तो। ये ये तो मार जो तो ना पार्ट बी में उसके लिए अलग से आएगी काम करना होगा चेक लिस्ट आती है इसमें ये देखा जाता है ना दस एरिया है और एक चीज ये है कोई काट रहा है तो कौन से व्यवहार में आएगा वो भी बताएंगे। आया व्यवहार वो है उसे था था। तो उसमें क्या है कि अगर कोई डर रहा है वो किस में आएगा वो भी बताएंगे del जैसे रोगी चाहे कहा सुनी कि नहीं आप लोगों ने सुना होगा जैसे रोगी चाहे वैसे पैरेंट्स उसको एडवाइस करता ठीक है अभी आप लोग अभी आप लोग इच्छा हो नहीं रहती ना पढ़ने की तो वैसे भी मेरे को आश्वासन आ गया कि आप हम वहाँ आ जाए और आप लोग या तो घर जाए या तो वहीं चले ठीक है, फटाफट कर लो चलो आज की क्लास ओवर होती है हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ कल। राधे राधे। कमेंट कर दिया करो जो लोग वीडियो देखते हैं मैंने देखा है कमेंट नहीं करते हैं बस देख करके कर फ्री में पढ़ा रहा हूँ दूसरा हम लोग लाइक भी नहीं करते हैं, बताओ सर, इनको कह रहा हूँ